फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर का उपयोग तो आप सभी लोग करते होंगे इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर अगर इस वीडियो को आप अंतर देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों दो दिन के अंदर कंपनी ने कहा है गवर्नमेंट ने अगर इन लोगों ने पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो इन तीनों एप्लीकेशन यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर को ब्लॉक कर दिया जाएगा जी हाँ दोस्तों आप सभी लोग सभी लोग लो सही सुन रहे हो ब्लॉक कर दिया जाएगा उसके बाद आप सभी लोग इन तीनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें पर प्रेस करें नोटिफिकेशन दबाए जिससे पहुंचते रहे दोस्तों को शुरू करते हैं दोस्तों क्या है पच्चीस फरवरी को जो एक आई टी रूल नियम लॉन्च हुआ था उसमें कहा गया था कि इन सारी कंपनियों को आई टी को फॉलो करना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बट दोस्तों सुनने में यह आया है कि शनिवार को कंपनी जो है कुकेशन के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है आजकल के टाइम में ये इसने क्या कि शनिवार को इसने वो एक्सेप्ट कर लिया है आईटी रूल्स को और ये जो तो तीन एप्लीकेशंस है इंस्टाग्राम ट्विटर और इंस्टा इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक इन तीनों तीनों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है 25 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था यानी कि कहा गया था आई रूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए और तीन महीने का टाइम दिया गया था बट इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है इसके चलते में उनको कहा है कि अगर ये दो दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते तो ये तीनों एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अब दोस्तों अगर ये ब्लॉक करेंगे तो आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे बेसिकली आईटी रूल्स पे आखिर है क्या आईटी रूल्स पे है जिसके आप इंडिया के विरोध में कुछ नहीं बोल सकते कुछ नहीं लिख सकते जैसे कि कुछ दिनों पहले चला था किसान आंदोलन पे टूलकिट वगैरह सब लॉन्च हुआ था जो कि इंडिया को तोड़ने या फिर इंडिया के बारे में इंडिया को बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी अभी फिलहाल ट्विटर पर भी एक ऐसा कांग्रेस के द्वारा टूलकिट किया गया था उस तरीके से इंडिया को बदनाम और इंडिया को डिफेम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है हर तरीके से तो ये सब के लिए इंडिया ने कहा है कि जो भी है इंडियन कंपनी यानी कि कंपनी इंडिया में जो है ट्विटर इंडिया इंस्टाग्राम इंडिया फेसबुक इंडिया इन तीनों को ये आईटी रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा पालन करना पड़ेगा इसके तहत अगर ये करते हैं तो इंडिया में ब्लॉक नहीं होंगे बट अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है तो हम कुछ नहीं कह सकते दो दिन में गवर्नमेंट ने कहा है कि दो दिन में अगर एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि इनके लास्ट डेट दो दिन के अंदर हो जाएगा दो दिन में ये नहीं करते हैं तो यह तीनों एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाएगा अब देखने वाली बात है क्या करते हैं इनको आखिर करना तो पड़ेगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा टाइट है प्राइवेसी को लेकर और बाकी सारे चीज़ों पे जैसे कि आपने देखा ही होगा पबजी के साथ क्या क्या किया गवर्नमेंट ने और टिकटॉक के साथ इसी तरीके से इनको ये आखिर ये आई रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा आई रूल्स में प्रकॉशन है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा उन लोगों को और कु कंपनी ने पहले ही कहा है कि मैंने फॉलो कर लिया है अब इन तीनों कंपनी के बारी है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और दोस्तों अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना वीडियो में मैं तो दो, दो, दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम